हेलो इंस्पेक्टर साहब ये लोंडा खून खराबे की बात कर आइये एक बार जल्दी रुक पुलिस आ रही है अभी पकड़ के ले जाएगी तेरे को बनाएगी सनी लेवन